a कभी ने तुम्हें हमारे प्यार कर दिया बनी ए भुली लवर तो है हमारे प्यार कर दिया बनी ए भुली लवर तो है हमारे प्यार कर दिया बनी कभी ने कभी ने तुम्हें तुम्हें भर दिया दिया नहीं ले भी नहीं रे तो है हम बंटा रिकर्ड किया पार्टी नहीं ले भी नहीं रे इधर नहीं ले भी नहीं रे तो है हम बंटे